सेल्फ स्टडी की तैयारी करना एकदम संभव है और ऐसा कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है ऐसे बहुत सारे टॉपर्स भी हुए हैं और हर साल ऐसे बहुत लोग सिलेक्ट होते हैं जो खुद तैयारी करते हैं इसमें कि कोई असंभव तो दूर दूर के बाद बहुत मुश्किल है ऐसा भी नहीं है कर सकते अब तो और कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे और इतने सारे वीडियोज आपको अच्छे मिल जाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा गाइडेंस मिल जाएगी तैयारी में क्या चाहिए तीन चीजें चाहिए बेसिकली एक चीज चाहिए कि स्टडी मटेरियल होना चाहिए मटेरियल इस समय तो पर्याप्त मात्रा में बुक्स के रूप में उपलब्ध है अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये कहें कि किताबें नहीं मिलती ऐसा नहीं दूसरा होता गाइडेंस मिलने चाहिए गाइडेंस आप किसी क्लासरूम में जाएंगे वहां भी मिल जाएगी नहीं तो यूट्यूब पे हजारों लेक्चर हैं हजारों टीचर्स हैं उन सब सबको सुनकर भी ठीक ठाक आइडिया आपको हो जाता है टॉपर्स से इंटरव्यूज भी उनसे है, है। तीसरी चीज होती है कि जब आप कोचिंग करते हैं तो आपको कंपेरिजन आप करके बातचीत करके सीखते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत में क्योंकि क्लासरूम में बहुत रोचक बात है स्कूल कॉलेज की जो स्टडीज है वो बताती है कि अच्छे कॉलेज अच्छे इसलिए नहीं होते कि वहां टीचर्स अच्छे हैं अच्छे कॉलेज मूलतः इसलिए अच्छे होते हैं कि वहां स्टूडेंट अच्छे होते हैं और एक स्टूडेंट एक अच्छे कॉलेज में जो कुछ सीखता है उसमें कम से कम तीस से पचास प्रतिशत आस के स्टूडेंट से सीखता है माहौल से सीखता है न कि केवल क्लासेस में सीखता है तो कोचिंग क्लास करने में एक बेनिफिट ये हो सकता है कि कुछ अच्छे दोस्त मिल जाए आपको लेकिन आप जहां भी रहते हैं वहां आपको दो चार लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो आइए तैयारी कर रहे हैं आपके आस रहते हैं और वो भी आपकी जैसी परिस्थितियों में आपके स्कूल के होंगे कॉलेज के होंगे या आपके मोहल्ले में रहते होंगे वरना इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखेंगे तो मिली जाएंगे तो अगर आपके पास तीन चार लोगों का ऐसा ग्रुप बन जाता है जो आपके आसपास रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि घर में रहके मैनेज किया जा सकता है और कभी जरूरत पड़े आगे चल के तो आप ये कर सकते हैं कि, कि किसी हिस्से में अगर दिक्कत आ रही है पाठ्यक्रम में तो स्पेसिफिकली उसके लिए कहीं क्लास दे दें या YouTube पे कई चैनल्स ऐसे भी हैं जहां पर कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे बिना क्लास ज्वाइन किए मिल जाएंगे उससे काम चला सकते हैं तो संभव है ये असंभव एकदम नहीं तो आप उसके लिए निराश ना हो तैयारी कर सकते हैं क्लास का बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि जो चीजें आपको खुद मेहनत करने में टाइम ज्यादा लगता है वो वहां पर आसानी से मिल जाती है एक साथ मिल जाती है लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देने को तैयार हो डेडिकेटेड हो तो बिना किसी क्लास के भी मैनेज कर सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं